आज के समय में जितनी मान्यता आधार कार्ड को दी जा रही है उतनी ही मान्यता अब वोटर कार्ड को मिलेगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना वोटर आई कार्ड घर बैठे मोबाइल फ़ोन से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने बनवाया है अगर आप नया वोटर कार्ड ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्सन में उसका लिंक दे दूँगा आप पूरी वीडियो वॉच करके अपना वोटर आई कार्ड बना सक वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा इंटरफेस में दे, आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ई पिक से इस पर आपको टैप कर देना है जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपके पास वोटर आई नंबर या रेफरेंस नंबर है तो आपको अगर वोटर आई नंबर है तो आपको उसके बाद कर देना है। है। से आपको उससे पहले आपको अपना स्टेट से तो यहाँ पे आपका नाम नीचे आ जाएगा आपको यहाँ से आपके मोबाइल नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है उसके बाद आपको वेरीफाई एस डाउनलोड ई एफ पर क्लिक कर देना है और आपका वोटर आई डी कार्ड डाउनलोड होना इस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के लुक में वोटर आई डी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा सो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल में घर बैठे वोटर आई को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद